नशा तो तेरी यादों का रहता है पर जब कोई पूछता है तो बोल देता हूँ हाँ पी रखी है मैंने तुझे